प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर राशि आपको अभी तक नहीं मिला है तो क्या कारण हो हो सकता है? एक, हो सकता है? है नंबर एक कि आपका जो बैंक में नाम और आपका अकाउंट में नाम है दोनों में कहीं ना कहीं अलग अलग नाम हो दूसरा कारण होता है कि आप यदि अगर आपका खाता जी से लिंक नहीं है इसके कारण भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता है तो हम मोस्टली देखेंगे कि आखिर क्या कमी रह गया है कि अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक भी राशि नहीं मिला है तो हम सबसे पहले उसका स्टेटस किस्त मिला है और तीसरा किस्त नहीं मिला है इसमें आपको भी कई कारण हो सकता है। तो इसलिए आप आप सबसे पहले इस चीज को चेक करें कि आपका खाता डीबी से लिंक है या नहीं है दूसरा कंडीशन है कि अगर आपको अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रखें क्योंकि अगर आपका अकाउंट और आपका जो रजिस्ट्रेशन में दोनों में नाम मिसमैच के कारण भी आपको यह राशि नहीं मिलेगा दूसरा है कि आप का अगर बैंक में किसी भी प्रकार का ट्रुटी है जैसे आपका आई कोड चेंज हो गया तो इस कंडीशन में आपको पोर्टल पर आई कोड चेंज कराना पड़ता है इस इस कंडीशन में भी आपकी जो राशि है वो रोक दी जाएगी क्योंकि यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि है यह पी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है और पी के माध्यम से जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसमें आपको डी का लिंक होना बहुत जरूरी होता है तो यही सब कंडीशन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने से पहले आपको इस बात का भी बहुत ध्यान देना है कि आपका जो नाम आधार कार्ड में है आप रजिस्ट्रेशन के समय वही नाम दें क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट के माध्यम से अगर नाम देते हैं तो आपको आधार कार्ड से जो नाम है दोनों में मिसमैच हो जाएगा क्योंकि पीएफएमएस आपका आधार कार्ड के माध्यम से ही करता है और उसका बाद उसके बाद है कि आप अगर बिहार से हैं तो आप डीबीटी के साइट पर जाकर इसे चेक कर लें और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप प्रधानमंत्री के साइट पर जाएंगे क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग अलग है तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे और अभी आपका जो आठवीं किस्त है वो थोड़ा और विलम्ब होगा हालांकि यह पी एक्सेप्ट कर लिया गया है तो ये थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कुछ जानकारी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उसे भी यह जानकारी हो जाए